आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे मित्रों आज मैं आपके सम्मुख एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और ये महत्वपूर्ण विषय है महत्वपूर्ण टॉपिक है इसकी आवश्यकता हम सभी शिक्षकों को है मित्रों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि शिक्षण योजना जो है वो हम सभी लोगों को बनाना आना चाहिए इसकी जानकारी होनी चाहिए जो मैं लेसन प्लान लेकर के आपके उपस्थित हुआ हूं यह विभाग द्वारा ही जारी किया गया है ये एक उदाहरण मात्र है मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इससे भी बेहतर लेसन प्लान अपने क्लास के लिए अपने बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं क्योंकि जो बच्चे हैं वो आपके स्कूल के हैं आप उनसे भली भांत परिचित हैं तो ये एक नमूना मात्र है आप कोशिश करिए कि इससे भी बेहतर आप लेसन प्लान बनाइए तो एक आदर्श पाठ योजना जो होती है लेसन प्लान होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए शिक्षण योजना डिशाई डाल दीजिए और क्लास कर यहां पे डेट डाल देंगे क्लास क्या है सब्जेक्ट क्या है अब सब्जेक्ट की बात है और पुस्तकों की बात है पुस्तकों का नाम चेंज होता रहता है उसको आप अपने अनुसार चेंज कर दीजिए पाठ की संख्या जो हो उसको आप डालेंगे पुस्तक के नाम के बाद पाठ की संख्या अब बात आती है है? प्रकरण, प्रकरण यानी टॉपिक क्या पर मैं क्लियर करना कि के बाद यदि आवश्यकता हो, तो ऐसा लेशन प्लान बनाया जाए यदि आवश्यकता नहीं है तो उप प्रकरण कोई जरूरी नहीं है कि हर लेसन प्लान में लिखा ही जाए और यहाँ प्रकरण अध्यापन के दिवसों की संख्या यहाँ पे छह भी हो सकता है तीन भी हो सकता है दो भी हो सकता है और उसके बाद आता है समय 35 से 40 मिनट माना जाता है कि हाँ इतनी देर में एक पाठ समाप्त हो जाएगा फिर आगे बढ़ते हैं यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि हेडिंग लर्निंग आउटकम से भी स्टार्ट हो सकती है या इसके पहले सामान्य उद्देश्य भी लिखा जा सकता है यानी अगर आप सामान्य उद्देश्य यहाँ पर लिख रहे हैं तो इस पार्ट को या इस टॉपिक को या इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए आपका उद्देश्य क्या है जिससे हो सकता है कि आप जो आपका सब्जेक्ट है एस एस कह लीजिए हमारा परिवेश कह लीजिए प्रकृति कह लीजिए या यूबीएस कह लीजिए जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप बच्चों में रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं या उनका शब्द भंडार बढ़ाना चाहते हैं या उनका ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं कोई ना कोई सामान्य उद्देश्य अवश्य होगा तो आप सामान्य उद्देश्य लिख सकते सकते सकते हैं कर सकते हैं हैं कर कर फिर हम आगे बढ़ते हैं जैसा कि यहाँ पर दिया गया है लर्निंग आउटकम ये कुछ लर्निंग आउटकम लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग आप भी अपने लेसन प्लान में लर्निंग आउटकम अब सीखने सिखाने की कुछ सामग्री होती है यहां पर इस लेसन को समझाने के लिए टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया गया इस टेप रिकॉर्डर की जगह पर हो सकता है आपके मोबाइल में जो दीक्षा एप है उस पर कोई सामग्री उपलब्ध तो आप उसको स्कैन करके बच्चों को दिखा सकते हैं सुना सकते हैं कोई आवश्यकता नहीं है कि आप टेप का ही यूज करें या कोई भी नहीं है कि आप टेप का यूज करें करेंटेंट दीक्षा ऐप पर उपलब्ध हो तो आप कर सकते हैं या आपने कोई डिजाइन खुद ही खुद कोई डिजाइन किया अपने बच्चों के लिए तो आप उसको करा सकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप लिखेंगे सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है उसमें प्रश्नोत्तरी और उसमें गतिविधिया तो जिसमें आप यहां पर क्रम संख्या अंकित करेंगे और चरण लिखेंगे चरण क्या है और फिर आप इसमें डालेंगे समय और आकलन की क्या पद्धति है याद आकलन का तरीका क्या है आप जैसे हेडिंग चाहे वैसा आप डाल सकते हैं आकलन का तरीका भी लिख सकते हैं आकलन की पद्धति भी लिख सकते हैं कोई पाठ पढ़ाया जा रहा है तो आकलन तो होना चाहिए कोई टॉपिक बताया जा रहा है तो आकलन आवश्यक है तो सबसे पहले शिक्षा का प्रारंभ होगा सबके लिए समय विभाजन किया गया है ध्यान दीजिएगा और बच्चों के साथ मित्र व्यवहार करते हुए विगत कार्य दिवसों में जो कार्य हुए हैं बातचीत हुई है बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई हुई है उसके संबंध में बातचीत करेंगे अब यहां पर इन्होंने पांच मिनट की गतिविधि ऑडियो के माध्यम से बच्चों को शादी का एक लोकगीत सुनाया इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों आपने अभी क्या सुना टीचर पूछ रहा है किसी बच्चों से छात्र छात्रा का कथन यहां पर लिखा जाएगा और वो बता रहा है गीत मित्रों जैसा कि मैंने पहले कहा कि आदर्श पाठ योजना में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका संभावित प्रश्न होता है और वो संभावित उत्तर भी होता है हो सकता है उत्तर इससे इतर आए हो सकता है बच्चे सही उत्तर दें हो सकता है बच्चे गलत उत्तर लेकिन एक आदर्श पाठ योजना ऐसे हो सकती है इसका नमूना पर प्रस्तुत किया गया है कोई आवश्यक नहीं है कि हंड्रेड परसेंट जो चीजें इसमें बताई गई हैं वही आपके क्लासरूम घटित हो सकता है कि इससे कुछ अच्छी चीजें निकल करके आए हो सकता है कि कुछ क्लास में गड़बड़ हो जाए लेकिन आपको जानकारी रहेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको संभाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हैं, दूसरे में लिखा हुआ है है? है कि कि गीत आपके घर पर कौन-कौन गाता है। उत्तर आता यानी मम्मी गाती है, चाची गाती हैं, ताई, ताती है। गीत कब गाया जाते है? समस्या आ गई समस्यात्मक प्रश्न जब तक होगा नहीं तब तो तक माना यह जाता है कि पाठ का मजा नहीं आएगा शिक्षक का कथन होगा टीचर बोलेंगे कि बच्चों ये गीत शादी विवाह आज समारोह में गाए जाते हैं बच्चों हम आज हम यहाँ पर जो है शादी के विषय में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं उस चित्र को दिखा करके आप बच्चों से पूछेंगे कि ये तस्वीरें जो है यानी ये जो पिक्चर्स है ये किसकी है तो बच्चे बताएंगे कि यहाँ शादी की है शादी में बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं और यहां पर लिखा हुआ है कि शादी में उजमा अपने कई रिश्तेदारों से मिली यानी शादी में जो रिश्तेदार आए हुए उससे वो उजमा मिली क्या इस शादी के कारण उजमा के परिवार में कुछ बदलाव होंगे क्या क्या बदलाव होंगे बच्चों चर्चा उजमा के घर में कौन आया उत्तर यहाँ पर आएगा बच्चे उत्तर देंगे यानी भाभी आई और ऐसे ऐसे प्रश्न होता रहेगा कि यहाँ क्या बदलाव हुआ कैसे बदलाव हुआ पकवान के बारे में शादी समारोह में कौन से गायक गीत गाए जाते हैं सब सब पर बातचीत बच्चों हमने देखा कि टुईिया सरद और उजमा के परिवारों के में अलग अलग कारणों से बदलाव हुई क्या परिवारों में बदलाव के कुछ कारण हो सकते हैं तो आप प्रश्न पूछने आएंगे बच्चे उत्तर देते आएंगे। साथ साथ ही मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्लास को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जहां जहां आवश्यक हो वहां पर आप आई का यूज जरूर करें मित्रों मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो लेसन प्लान है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं इस लेसन प्लान में कुछ हेडिंग का होना आवश्यक है जैसे शुरुआत तो उसकी लर्निंग आउटकम से भी हो सकती है लेकिन मेरी सलाह है कि आप सामान्य उद्देश्य से लेसन प्लान में उसका अंकन करें कि सामान्य उद्देश्य क्या है और इस पाठ को पढ़ाने के पीछे लेसन प्लान बनाने के पीछे क्या इसका उद्देश्य है उसके बाद आप लर्निंग आउटकम लिखेंगे, सीखने-सिखाने की सामग्री क्या है जैसा कि आपको पता है कि कि के साथ पढ़ाने में अच्छा रहता है, यानी बच्चों को अच्छे ढंग से, से बहुत ही आसान तरीके से उसको हम समझा सकते हैं बच्चे हमारे साथ घुल मिल करके रहेंगे टीएल का होना आवश्यक है सीखने सिखाने की गतिविधियां क्या है उसमें क्रम संख्या होगा चरण होगा समय होगा और आकलन का तरीका होगा इन सब बिंदुओं पर अभी बातचीत हो चुकी है शिक्षण के आरंभ में क्या होगा और शिक्षण के दौरान क्या होगा सबका समय विभाजन किया गया है और अवलोकन यानी आकलन का तरीका क्या है इस पर भी बात करेंगे शिक्षण के बाद में क्या करना है उसके लिए भी समय निर्धारित किया गया है गतिविधि में क्या होगा और होमवर्क में क्या आगामी लेसन प्लान आप किस विषय पर बनाएंगे इन सब प्रमुख बिंदुओं का होना आवश्यक है और आशा है कि मेरी वीडियो आप काम आएगी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी और आप जो लेसन प्लान मैंने प्रस्तुत किया इससे अच्छा लेसन प्लान बना करके स्कूलों में पढ़ाएंगे और जिनका लाभ बच्चों को मिलेगा और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सुना